साथियों आज आपके लिए एनुअल इरेक्ट हर्ब लाए हैं इसको हम मकोए और काकमाची के नाम से जाना जाता है यह सोलिनि फैमिली का है एक से दो फीट इसकी ऊंचाई तक ये जाता है और इसके जो फ्रूट्स जो आप देख पा रहे होंगे वो बेरीज़ हैं इसी के अंदर जो सीड होता है उससे इसका साधारण रूप से प्रोपिगेशन किया जाता है वाइट फ्लावर्स हैं ग्लेबरस लीव्स हैं इसके लीनियर और बहुत सारे केमिकल कॉन्सटेंट इसमें पाए जाते हैं 120 से ज़्यादा एल्कलॉयड इसमें होते हैं इसके अंदर स्टोरइड्स पाए जाते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड लाइकोपीन लाइकोपिन लूटिन सोडियम सोलानिन ट्राइगोजेंिन पोटेशियम आयरन सल्फर कैल्शियम और फास्फोरस आदि बहुत केमिकल कांस्टेंट इसमें पाए जाते हैं मिनरल कंटेंट रिच होता है बुखार के लिए डायरिया के लिए पाइल्स और इडिमा की समस्या के लिए इडिमा की जनरली जो समस्या है वो किडनी के जी रेट के कम होने के बाद हो जाती है और भी बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन उसका ये निराकरण करती है डायुरेटिक प्रॉपर्टीज़ इसकी पाई गई हैं स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि प्रूराइटिस या सोरीस की जो समस्या होती है सिफलिस की जो समस्या है उसमें भी अच्छा कार्य करता है बार बार पेशाब आने की जो समस्या होती है पोली की वहाँ भी इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं इसका कोमल पत्र इसकी जो मूल होती है उसका रस बेरीज़ जो इसकी हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं अगर मैं कहूँ तो पूरा प्लांट ही इसका इस्तेमाल किया जाता है यूनानी में इसका अर्क बनाया जाता है जिसको अर के मको के नाम से मार्केट में मिलता है यह सिप्लिनो मिगेली की दवा है यकृत वृद्धि की जो प्रॉब्लम है उसको यह दूर करता है लीवर के टॉक्सेंस को रिमूव करता है हप की समस्या को दूर करता है जलोदर की समस्या हो उसको भी दूर करता है ब्रोंकाइटिस की समस्या हो या प्लूरीसी की समस्या हो उसका भी निराकरण करता है परमोपोइिक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं चर्म रोग के लिए हमें इसके कोमल पत्तरों का साग बनाकर खाना चाहिए और लेप बनाकर उसको हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना चाहिए बहा उपयोग में इसको लाना चाहिए बहा लेप लगा देना चाहिए अगर चूहे के दंश का असर कम करना है तो हमें इसके घी में इसके पत्र को डाल के उसको हमें सिद्ध कर लेना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए केस काले करने के लिए इसके बीज और काले तिल के तेल निकालकर नाक में दो दो बूंद डालना चाहिए गर्भ प्राप्ति के लिए इसकी मूल का रस पीना चाहिए जीर्ण जक्रत और पीहा वृद्धि के लिए हमें इसका पूरे प्लांट का जो पंचांग होता है उसका डिकॉक्शन शहद मिलाकर पीना चाहिए विशेष उपयोगी है यह प्लांट वैसे तो किसी विशेष हमें प्रोपिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है सिर्फ बीज के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन आसानी से हो जाता है इसकी जो बेरीज हैं इसके अंदर बीज होता है उससे आसानी से इसका प्रोपिगेशन हम कर पाते हैं ध्यान ये रखना है कि ये एल्कोलाइड कंटेनिंग प्लांट है अगर कुछ जी मछलाना या पेट में कुछ क्रैम या वोमिटिंग जैसी स्थिति हो तो हमें इसका सेवन बंद कर देना चाहिए वैसे यह पूर्ण रूप से सेफ़ है ज़्यादा मात्रा में लेने से बचें एक समय में 10 से 12 एम जूस का सेवन करें मूल का जूस भी सेवन किया जाता है कोमल पत्थरों का सेवन किया जाता है और इससे अर्क भी बनाया जाता है बहुत सारे इसके बाजार में इसके बने हुए उत्पाद आपको मिल जाएंगे उनको भी आप ले सकते हैं फ्रेश का जो हम फ्रेश जूस बनाते हैं उसका विशेष महत्व तो है फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ नई समस्याओं के निराकरण के लिए आप सभी का धन्यवाद nam